लोगों का स्वागत करता हूं। आज काफी दिनों के बाद में मैं आपके सामने फिर से एक ITI की न्यूज़ लेकर अब ऐसे कैंडिडेट को आई टी आई पास करने के साथ साथ ही क्लास टेंस करने का मौका मिलेगा अब हम इससे रिलेटेड एक आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं दिनांक बाईस सात दो हजार बीस को श्रीमती एस राधा चौहान आईएएस ए मुख्य अपर सचिव व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन एवं राजकीय गजट के माध्यम से एक योजना का शुभारंभ किया गया था जो कि छात्र छात्राएँ आई, आई कोर्स उत्तीर्ण करने के पश्चात यदि हिंदी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में देते हैं तो ऐसे परीक्षार्थी कक्षा दस एवं कक्षा बारह के समकक्ष माने जाएंगे उक्त क्रम में वर्तमान में एनसीबीटी वेबसाइट पर ट्रेनिंग प्रोफाइल पर एक सुविधा प्रदान की गई है जिसमें एक मैसेज दिया गया है आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग एडमिशन फॉर टेन और ट्वेल्थ एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एन इस मैसेज के सामने एक चेक बॉक्स को चेक करते हुए यदि सबमिट बटन पर क्लिक किया जाता है तो प्रतिछार्थी द्वारा ये अनुमोदन की प्राप्ति सीधे एनसीबीटी को अवश्य एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु होगी धन्यवाद अब हम इसे आपको लाइव चेक करके दिखाने जा रहे हैं सबसे पहले हमें एनसीबीटी एमएस साइट पर आना है उसके बाद में ट्रेनीज पर क्लिक करना है फिर ट्रेनी प्रोफाइल ट्रेनी प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर फादर नेम डेट ऑफ कैप्चर डालने के बाद में आपको सबमिट करना है सबमिट करते ही कैंडिडेट्स की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी इस तरीके से आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी इसके बाद हमें क्या करना है हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है स्क्रॉल डाउन करते ही आपके सामने दिख रहा है व्यू सी एग्ज़ाम सेंटर इसके बाद में आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग एडमिशन फॉर और ट्वेल्थ सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एन मतलब कि जिन भी कैंडिडेट्स ने आईटीआई करने के बाद में अगर उन्हें क्लास टेन या ट्वेल्थ करना है ऐसे कैंडिडेट्स अपनी प्रोफाइल पर जाएंगे और वह उसे ओपन करने के बाद में इस तरह से ऑप्शंस ओपन होगा इसे में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका डेटा एन सी बीटा के पास पहुंच जाएगा और वहां से डेटा आपका NIOS को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आप क्लास टेंथ या ट्वेल्थ के लिए एलिजल हो जाएंगे और आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा ये एग्ज़ाम जो है आपका सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट का लिया जाएगा उसके बाद में जो आपको मार्कशीट या सर्टिफिकेट प्राप्त होगी वे हाई स्कूल और इंटर की इक्कीू वैलेंट होगी जो कि सभी जगह वैलिड होगी अब इसके बाद में जिन कैंडिडेट्स को प्रिंट सर्टिफिकेट चाहिए इसी के नीचे ऑप्शन सारा प्रिंट सर्टिफिकेट जस्ट इसके नीचे आ रहा है प्रिंट कंसुलेटेड मार्कशीट ये जो कंसुलेटेड मार्कशीट होती थी पहले आई टी संस्था से प्राप्त होती थी अब ये कैंडिडेट्स की प्रोफाइल में ही उपलब्ध करा दी गई है इस तरह से ये आपको जानकारी देनी थी जो कि मैंने दे दिया हुआ है काफ़ी समय से मैंने वीडियो बनाया नहीं हुआ है लगभग एक हफ्ते हो गए हैं इस कारण से काफ़ी न्यूज़ की अपडेट आप लोगों तक पहुंच नहीं पाई है अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपको न्यूज़ देता रहूं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो